फालतू वाद विवाद में मत पड़िए किसी काम में तभी दखल दीजिए जब आपसे पूछा या कहा जाए आपके द्वारा अनावश्यक टोका टोकी या टिप्पणी आपके विवादों को बढ़ाती है आपके दिमाग को बेवजह अशांत करती है इसलिए मन शांत करने के लिए नो टेंशन फार्मूले को